इनका हागा भाई को दुल हागामी को चेना कबू आइनो के पड़ाव करना आइन पुरे ओल अल पढ़ा बनू जाता पाटीका नामे बड़ी पाटेक नामे इना उ चौले रहा निजे निजे काबू नारब्स इनका निजे काबू दुकून के अंड बाड़िया नलो जाले काम जिलो रहे आम तार जोर जुलूम दरकारा आम लगन आम इना उड़ुक में माने आज निजे मेंडें चीन मे निजे चिनिये नहीं निजेर मन निजे, निजे तक कुलिये वोबाओ निजर लगे तो एट कान की मैं जे मतलब एट खाजे में जैम लाइन से निलकान गया निजे आ मन निजे तक कुलिये बन एरे बन चिरग मतलब कि अब चिनाब साक्सफूला जहां में साक्फुल तो जहाे इकरिर इकिर रेगे मारा हकुअा इकरिर इकरिर रेगे मारा हको दुकु है तेबे तेब रो हूँ हूँ हकू के नाम अब चिमिन इकिर उनूम दायी साहद कोबे तुंडू दाब रो साब साहु चाब रो अब जीवन उड उतरब आटकार रि अब इकिर जुदीब उनूम दायी एनरे अब कोशिश बन लगे इन भरेमारा हकू को जरूर बन साब उडुक एन कोशिश मुडो का बन रिके दिए इकिर उनूमें तेबे तेबे तबे निरबाब एनरे अब हूँ हूँ हकू को साब दिए लिखा। एन एनका जैसे कि इना बो उड़ी के मतलब कि साबलेकान कस्टो दुकु पुजे आब्टी लागत एन चुले पाटी चूल्हे अलबे मनाती रेगा मैं जबताक आबेना उड़ेना तबताक अब अकन पायटी बन राबें समय हिम्मत रिके बिले तो बन जितना भी अब सेपे चाय हापनुम चाय बुढ़े बुढ़ी को हो साभ उ साक्सफुल मैं चिकित साक्सफुलवा साक्सेफुल उड़े जैसे भी कर ना पार्टी केते या नौकरी केते या बिजनेस केते जाना मडो चिके कि साक्सफुल एनते आडो पैसा इनका सावेंता उड़ मेडो तो अको मेहनत का साक्सफुल एनते हैं का उड़े हेला लेकिन उरु इन उड़े रो अब पाटी इनका अब पाटी लगे मैं उड़ब रिकाइयां अब पाटी तय सेतना हूं हे सेता एन दो ओह जोका ग पाटी आवरे तक पाटीए मनते इनका बोहो अंडो एन पाटी के निकिन जुदी बिटा न, एन समय जो बिटा इन इनते हम अब उड़बाइल है ओह आयुब सी पायेटी आयु सी पायटिया और सी तो मेनाई है पयटना बड़ी ना सुरे ना जो आराम तो इनका तयुब सी टारगेट बन रिके कब सी फिर सीधा आयुब रेंगे आयुब रेंगे एन पाएंगी काबेन पैटिदीडे चिकेन्दा काबेन पैटीदे चिकेना अब अदत मेंड़ो मेंबे समय उड़म मेंडो कह भागे बना माने इनकापारा इतिया निजेरा लपार बन तो पाटी बन कोशिश है पूरे कोशिश के साथ गापा उड़ू गपाने पाटी उतरेनतेपा तो पाटिलो तिसी पाटिलो मे रो चिमिन तेरह अटक तिसी पाटी तीसरे पाटी केपा पाटी अलगते जाना बन पाट दिए हूँ इना को मे आदत में मेड़ो इनका बैबोए चे मतलब कि आगो काबू सम जाओ उड़ूए साक्सेफुल लेकिन साक्सफुलेनते उड़े रही हो, आदात सीरीफ इना तना जे मतलब साक्सफुलर उड़ू सुमेल आदात बो रिका लेकिन एनरे एन आदात काबू हटा दैतने जे मतलब कि आते पार्टी नीते पार्टी दरकारा चीन आट्टी दरकारा इन मेडो आधात्बू बैदे तो मतलब कि आदत, आदत आदात आधात्ंड बदलते कोशिशन जाते ने अब उड़ लहते अब उड़ जुदीब बदल मतलब आगेना आगेना मतलब के आधात मेंढाव बन चेज के मतलब कि मजबूरी अबेना जीवन अब पार्टी मेंढो जुदी उडो मजबूरी बन रिके चे मतलब हमको करना मैं आई पार्टी रिगे गए हैं जाते काँच पार्टिके एसो मुश्किल होबाओ आद का पार्टिके तिसी अंतिया माड़ी उ चुना रंगा इनका मजबूरी अब तेरे क्रिएटे हवाावन निजे तब आब आधात् बदलदे इनका इनकान, इनकान आदात को बदले लगे इनकान उड़ कोई हुबावे असु दरकार तो मार इनका जगह तीसंगली आपे मान को तारे उड़क मिसे सिबिल जहां अडो दूसरा भिडियो नेक्स्ट भिडियो नापाम हुरे गाँव जरूर बोपामा मार एर सिबिल जहा